दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी अपना जलवा दिखाते हुए बिना देखे बल्लेबाज का स्टम्प उड़ा दिया तो विराट कोहली भी, को भी देखकर हैरान हो गए है और सोचने लगे कि यह क्या हो गयी तो दोस्तों यह हुआ क्या देखने को मिला बेंगलोर के चेन्ना स्वामी स्टेडियम में जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आर की टीम की ओर ऐसी आए बल्लेबाजी कर रहे थे वर्ण पावेल उन्होंने सिंगल चुराने का कोशिश की लेकिन कीपरिंग कर रहे महेंद्र सिंह धोनी के सामने लड़खड़ाते हुए नजर आए मोइन अली अच्छे ऐसी फील्डिंग करते हुए महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में गेत को थमा और धोनी ने बिना देखे हुए गेंद को स्टम्प मारकर पुरानी यादों को ताजा कर दी यही देखने के लिए सभी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और वह देख भी लिए हालांकि बल्लेबाज इस पर बाल बाल बच गए लेकिन यह वाक्य देखकर कर विराट कोहली की आंखें फटी की फटी रह गयी तो दोस्तों क्या चेन्नई की टीम इस बार विजय हासिल कर पाएगी या नहीं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा